मेरा और आपका वजूद अगर अल्लाह की मखलूक के लिए नफे का सबब नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी का क्या फायदा मैं अपने खानदान में नफा बख्श नहीं हूं आप अपने खानदान में नफा बख्श नहीं है आप इस माशरत के लिए खैर का सबब नहीं है मैं इस माशरत के लिए खैर का सबब नहीं हूं इस मुल्क के लिए इस कौम के लिए इंसानियत के लिए मैं अगर खैर का सबब नहीं हूं तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं मैं अशरफ उलमखलूक कैसे कहलाऊंगा एक दरख्त भी छाँव फ्राहम करता है ऑक्सीजन देता है फल फ्राहम करता है जौके नजारा की तस्कीन करता है और जब कुछ बाकी नहीं रहता तो वो लकड़ी का काम देता है और अगर वो इतना कमजोर पड़ जाए कि उससे कोई चीज ना बन सके तो फिर भी मिटता मिटता तुम्हारी हंडिया पका के जाता है तुम्हारी जरूरत को पूरा करता तुम्हारे ईंधन के काम आता है वो बूढ़ी बैंस जो अब दूध देने के और तो बच्चे देने के काबिल नहीं रही अब उससे तुम कोई नफ़ा नहीं लेते लेकिन वो जाते जाते रुख्सत होते होते जो है वो तुम्हारी गजाई जरूरतों को पूरा करके जाती है और अगर तुम उससे गजाई जरूरतें पूरा नहीं करते तुम कहते हो कि नहीं ये इतना बूढ़ा वजूद है तो फिर भी उसके चमड़े से तुम जूते पहन सकते हो तुम और चीज़ें जो है वो उसके चमड़े से बना सकते हो वो इस दुनिया से रुखसत होते हुए भी तुम्हारे लिए नफा बख्श बन के गए। तो अगर एक जानवर और एक दरख्त और अल्लाह की दिगर मखलूकत अपनी रानाइयों के दौर में अपने शबाब के आलम में नफ़ा बख्श हैं, तो बुढ़ापे के अंदर भी उनसे नफा हासिल हो सकता है और जिस शख्स का नफा जवानी में भी ना हो बुढ़ापे में भी ना हो लड़कपन में भी ना हो सन्न कहूलत में भी ना हो तो फिर वो इंसान कहलाएगा उलाई का कल अनाम बल हु अदल फरमाया है बल्कि चौपायों से भी बदतर है तो फिर वो कैसा इंसान है जो नाफे नहीं है जो नफा बख्श नहीं है लोगों में सबसे अच्छा शख्स कौन है ये सवाल हुआ सबसे अच्छा शख्स कौन है लोगों में तो जवाब इशाद फरमाया जो लोगों के लिए नफा बख्श है जिसका वजूद राहत का सबब है जिसको देख के दुख भूल जाएं, जिसको मिल के जिंदगी अच्छी लगने लग जाए जिसकी छांव में बैठे तो आसूदगी हो जमाने की कड़ी धूप से बच जाएं, जिसका वजूद राहमत बख्श हो जो लोगों की हिदायत का सबब हो जो लोगों के लिए खैर का जरिया हो अल्लाह के महबूब आसलात उसम के एक फरमान का मफहूम यह है कि खैर की चाबी बन जाओ और शर का ताला बन जाओ ये जिंदगी में उसूल इख्तियार कर लो खैर की चाबी बनो और शर का ताला बनो तुमसे खैर के दरवाजे खुले